कोई किसी को नहीं पहचानता हजारों में कोई किसी को नहीं पहचानता हजारों में हमेशा ख़ुद को ढूंढता हूँ अच्छे विचारों में कोई किसी को नहीं पहचानता हजारों में हमेशा खुद को ढूंढता हूँ अच्छे विचारों में किसने पूछा जब तक मैं खुश था किसने पूछा जब तक मैं खुश था यहाँ सिर्फ़ दर्द बिकता है बाज़ारों में यहाँ सिर्फ़ दर्द बिकता है बाजारों में यहाँ सिर्फ़ दर्द बिकता है बाज़ारों में